सपनों में बहुत ताकत होती है और वक्त उन सपनों की कीमत मांगता है पर मैं भी हर कीमत देने को तैयार था लेकिन हारने का डर किसे नहीं होता मुझे भी था अब मैं तैरना भी सीख रहा था सपने अब हकीकत की चादर में उभरने लगे थे हवा का रुख अब बदलने लगा था एक सपना था कुछ करने का पढ़ लिख कर इस समाज को बदलने का इस शहर की गरीबी मिटाने का अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने का इस शहर के अखबारों में छा जाने का और आखिरकार वो दिन आ गया